guys आप सब देख सकते हैं तो गेम प्ले करने बैकग्राउंड में अलग अलग आवाज़ आ रही होती है मतलब वीडियो बनाने का मन तो नहीं था लेकिन बहुत दिन हो गई थी वोटियोज में तो बनानी एक्सपीरियंस नहीं है भाई यही बताऊँ तो बनाने का मतलब क्यों ही मतलब थोड़ा क्रियाविटी मतलब इंजॉय के लिए बना रहा था तो ये देखिए बन है इसको मैं पता नहीं नॉक कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है तो लग रहा है मैं हारूँगा हारूँगा लग रहा है इस बताइए आप क्या मैं हार पता ही कैसा लग रहा है बोलिए मतलब मज़ा आ रहा नहीं आ रहा कुछ तो क्या कमेंट जरूर करना गाई ये मेरे साथ बहुत बुरा सीन होने वाला लग रहा है मैं यहाँ पे भी मरने वाला हूँ और ये न्यू जो मैच मतलब मोड है वो थोड़ा अलग सा लगा मेरे को और इसमें हाई जम्प कभी मत यूज़ करना यार इससे किल चोरी होने के और किल नहीं होने के बहुत ज्यादा चांस तो है वीडियो में मज़ा आ रहा होगा थोड़ा तो इस कर देना तो गई से आगे देखते चलिए आगे चलते उधर बंदा है उधर तो मैं कहा तो आगे जाता हूँ आगे तो गाई क्या लगता है मैं इसको मार मारपूँ ओ नो मेरे को तो मार दिया मार दिया मार दिया मैं गया तो गाय बने रहिए रही है मजा आ लगता है और बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है